तो आपका पुनः स्वागत है तो यह निश्चित करने के बाद कि हम पानी को फ्लूड के तौर पर पढ़ेंगे अब हम पानी के बारे में अधिक समझने की कोशिश करेंगे तो पानी के फेस मानचित्र को समझना इस लेक्चर की रूपरेखा रहेगी फेस मानचित्र की विशेषताएं और लिक्विड से बाफ सॉलिड से लिक्विड सॉलिड से बाफ इत्यादि फेस बदलाव प्रोसेस आइए पानी के फेस मानचित्र पर ध्यान दें और मैंने यहां जो दर्शाया है वो फेस मानचित्र है अब मैं आपको यह फेस मानचित्र तीन डायमेंशन में दिखाऊंगा जिससे वास्तविकता में हमें फेस परिवर्तन फेस बदलाव एक फेस इत्यादि के बारे में ज्यादा चीजें समझने मिलेंगी तो इस फेज मानचित्र के तीन डायमेंशन में एक फिल्म है हम यहां देख सकते हैं कि मुझे प्रेशर और वॉल्यूम इस दिशा में दिख रहे हैं पर यदि मैं इस फेज मानचित्र को इस तरह घुमाऊं मैं इसे इस तरह अंदर और बाहर जूम कर सकता हूं ताकि हम मानचित्र के बारे में और समझ सकें, या आपको इसे नजदीक या दूर से देखना हो तो, तो हमें इसे दोनों दिशाओं में घुमाने की सुविधाएं हैं इस दिशा में भी और उस दिशा में भी आइए अब पानी के तीन डायमेंशनल फेस डायग्राम को देखें और आप यहां तीन एक्सेस देख सकते हैं सीधा प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर जिन्हें सामान्य मानचित्र कहा जाता है वो भी तीन एक्सिस दिशा में दिखाऊं तो प्रेशर टेम्परेचर एक्सिस और इस फेज मानचित्र को पढ़ा जा सकता है और आप यहां से क्या देखते हैं कि तीन फेज हैं, सॉलिड लिक्विड और बाफ और हम यह भी देख सकते हैं कि सॉलिड से लिक्विड के बीच में फेस परिवर्तन रेखा है तो अगर मैं इस दिशा से जाऊं और टेम्परेचर बढ़ाऊं हम सॉलिड से लिक्विड की ओर जाएंगे और अगर मैं इसके आगे जाऊं तो मैं लिक्विड से गैस रीजन तक भी जा सकता हूं और जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं मैं यहां लिक्विड से बाफ रीजन में जा सकता हूं और फिर से यहां पर फेस परिवर्तन रेखा है तो यहां सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से बांफ रीजन के बीच में एक फेस परिवर्तन रेखा है और बांफ मैं कहूंगा एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद जिसे मैं साधारण गैस कहता हूं इसे हम कभी कभी सुपरहीटेड हीटेड बाफ भी कहते हैं और यहां से हम देख सकते हैं कि अगर प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर कम है सॉलिड सीधा बाफ में बदल सकता है और फिर से यहाँ ये फेस परिवर्तन रेखा है यह सीधा परिवर्तन है सॉलिड फेज परिवर्तन सॉलिड से बाफ रीजन का इस फेज परिवर्तन रेखा के आर पार और आप जो इस विशेष दिशा में देखते हैं वह है आइसोथर्म्स हम यहाँ टेम्परेचर रेखाएं देख सकते हैं और देख सकते हैं कि टेम्परेचर रेखा जो क्रिटिकल पॉइंट से गुजरती है और इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और इस क्रिटिकल पॉइंट से संबंधित प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं और आप क्या देख सकते हैं कि इस क्रिटिकल पॉइंट के आगे इस क्रिटिकल प्रेशर के आगे कोई फेज परिवर्तन रेखा नहीं है लिक्विड से गैस रीजन के बीच तो यह लिक्विड से गैस का परिवर्तन सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से बाफ के परिवर्तन से भिन्न है लिक्विड से बाफ परिवर्तन में लेटेंट गर्मी शामिल है सॉलिड से लिक्विड परिवर्तन में भी लेटेंट गर्मी शामिल है जबकि लिक्विड से गैस रीजन में जो क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर है क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर है कोई लेटेंट गर्मी शामिल नहीं है इस लिक्विड से गैस परिवर्तन में यहाँ कोई वास्तविक फेज है फेज एक दूजे के इतने निकट है कि कोई इस रीजन में लिक्विड फेज से गैस फेज के परिवर्तन को संभवत देख नहीं पाता है अब हम इस मानचित्र को यूं घुमाते हैं ताकि हम उसे इस दिशा में देख पाए प्रेशर और वॉल्यूम की दिशा से तो आप यहां देख सकते हैं अगर मैं लिक्विड से बाफ रीजन में परिवर्तन करूं, आप यह गुंबज की मौजूदगी देखेंगे जो मेरा प्रेशर जब मेरा प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है अगर प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है लिक्विड से बाफ का फेज परिवर्तन होता है इस गुंबज के नीचे जहां आप देख सकते हैं लिक्विड प्लस बांफ का दो फेज मिश्रण के रूप में सात में अस्तित्व में है तो लिक्विड से बांफ के रीजन का परिवर्तन दो फेज रीजन से गुजरता है और अगर प्रेशर बहुत कम है तो सॉलिड का बदलाव हो सकता है यानी सॉलिड से बाफ रीजन में सीधा पर वो भी होता है सॉलिड प्लस बाफ के दो फेज रीजन से गुजरने के बाद और यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा तब होता है जब प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है तो यह लिक्विड प्लस बाफ रीजन तब आता है जब प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से कम है लिक्विड गुजरता है लिक्विड प्लस बाफ रीजन से और शामिल होता है बाफ रीजन में उसी तरह सॉलिड से बाफ परिवर्तन गुजरता है सॉलिड बाफ रीजन से यदि मैं फिर इस दिशा में आऊं आप ट्रिपल पॉइंट का अस्तित्व देखोगे आप देखोगे कि सॉलिड लिक्विड और बाफ तीनों का साथ में अस्तित्व है या यह तीनों फेस एक ही पॉइंट पर संतुलन में है मैं इस दो डायमेंशन में और बेहतर तरीके से दिखा सकता हूं पर आप यहां से एक ट्रिपल रेखा देख सकते हैं तो यदि मैं इस दिशा से देखूं एक ट्रिपल पॉइंट का अस्तित्व है पर जब मैं पीवी एक्सिस में देखता हूं तो मुझे एक ट्रिपल रेखा दिखती है ट्रिपल रेखा का इतना महत्व नहीं है पर ट्रिपल पॉइंट का महत्व है क्योंकि वह हमें यह सूचित करता है कि दी हुई प्रेशर टेम्परेचर परिस्थिति में तीनों फेस संतुलन में है और तीनों साथ में अस्तित्व में है आइए अब इस चित्र के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को देखें तो आप यहाँ पीटी मानचित्र देखते हैं हम यहाँ सॉलिड लिक्विड और बाफ को साथ में अस्तित्व में देखते हैं ठीक है तो यह पीटी मानचित्र है हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड और बाफ तीनों एक साथ अस्तित्व में हैं। और यह है ट्रिपल पॉइंट ठीक है उसी तरह से अगर मैं आपको पी मानचित्र दिखाऊं तो यह पीवी मानचित्र है और फिर से आप वही चीज देखते हैं जो मैंने आपको तीन डायमेंशन में दिखाई पर इस दिशा से आप पीटी मानचित्र भी देख सकते हैं और आप फिर से यह गुंबज देखते हैं जिसमें दो फेज मिश्रण अस्तित्व में है जब यह लिक्विड से बाफ में बदलता है या परिवर्तन होता है लिक्विड रीजन से बाफ रीजन में उसी तरह से आप देखते हैं कि कम प्रेशर पर सॉलिड से बाफ का बदलाव सॉलिड बांफ दो फेज रीजन से गुजरता है आप और क्या देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस का अस्तित्व है यह पुनः पीवी मानचित्र से देखा जा सकता है इसके ऊपर गैस का अस्तित्व है और इसके नीचे जो है वह है बाफ मेरे ख्याल से वीटी मानचित्र बेहतर है क्रिटिकल प्वाइंट के नीचे आप देखेंगे बाफ है और उसके ऊपर गैस का अस्तित्व है हम अधिकतर प्रेशर और टेम्परेचर मानचित्र की सहायता लेंगे और कभी कभी प्रेशर और वॉल्यूम मानचित्र की भी मैं बार बार तीन डायमेंशनल मानचित्र का उल्लेख नहीं करूँगा तीन डायमेंशनल मानचित्र की फिल्म को फेज बदलाव समझने के लिए बनाया गया था ज्यादातर उल्लेख प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मानचित्र का करूंगा धन्यवाद